हेलो फ्रेंड्स रुंझुन किचन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं अदरक इलायची वाली बहुत ही स्पेशल और कड़कदार चाय तो अगर आप दो लोगों के लिए ये चाय बनाना चाहते हैं तो आपके पास दो कप दूध एक कप पानी दो से तीन चम्मच चाय पत्ती एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा एक चुटकी इलायची पाउडर और तीन चम्मच चीनी चाहिए तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस चाय को बनाना तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ चाय बनाने के लिए तो आइए अब हम आपको स्पेशल और कड़कदार चाय बनाना सिखाते हैं तो चलिए इस चाय को शुरू करते हैं सबसे पहले किसी भी बर्तन में हम दो कप दूध डालते हैं फिर फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक कप पानी तक दूध गर्म हो रहा है तब तक अदरक के टुकड़े को बारीक कूट लेते हैं तो हमारा दूध लगभग गर्म हो चुका है अभी इस दूध में हम दो से चम्मच चाय पत्ती डाल। के बाद एक या दो पत्ते को तोड़कर इसमें डाल देते हैं अगर आपके पास तेज पत्ता नहीं हो तो आप इसे छोड़ सकते हो उसके बाद कूटी ही अदरक को चाय में डाल देते हैं इसके बाद एक चुटकी इलायची पाउडर हम इस चाय में डाल देते हैं अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं बिना इलायची पाउडर का भी यह चाय बहुत ही टेस्टी बनेगा इसके बाद जब आपका चाय उबलना शुरू करे तो उसमें तीन चम्मच चीनी इसी उबलते हुए चाय में डाल दें और चाय को लगभग पाँच मिनट तक उबलने के लिए छोड़ दें जब आपका चाय उबल लगभग दो कप बच जाए तब आप गैस को बंद कर दें और इस चाय को किसी अच्छे से चाय छ से छानकर आप परोस सकते हैं दोस्तों ये चाय आपको बहुत ही अच्छा लगेगा आप ज़रूर इसे एक बार आजमाएं और प्लीज़ कमेंट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहें Thanks for watching this channel.